शनिष्वराय नमः जय शनि देव जय शनि देव जय शनि देव हे श्याम वरण वाले हे नीलकंठ वाले कालाग्नि रूप वाले हल्के शरीर वाले स्वीकारो नमन मेरे देव हम तुम्हारे सच्चे सुकर्म बाले हम शरण तुम्हारे स्वीकारो नमन मेरे स्वीकारो य जजन मिरे जय शनिदेव जय शनि शनिदेव कुमारे स्वीकारो नमन मेरे स्वीकारो बिन मेरे जय शनि शनिदे जय शनि शनिदे जय शनि शनिदे हे पुष्ट देह धारे स्थूल वाले कोटर सुनेत्र वाले हे वज्रदेह वाले तुम ही सुयश दिला सौभाग्य के सितारे स्वीकारो नमन मेरे, स्वीकारो प्रणति मेरे, जय शनि रे शनिदे जय शनिदेव हे सूर्य सुत तपस्वी भास्कर के भय मनस्वी हे विश्व में यशस्वी विश्वास श्रद्धा अर्पित सब कुछ तुम्ही निभाले स्वीकारो नमन मेरे शनि हम शरण है तेरे जय शनिदे जय शनि देव जय शनि देव अति तेज है गति तुम्हारी खड़गारी नित योग रत अपारी संकट बिकट हटा दे हे महा तेज वाले स्वीकारो नमन मिरे कर दूर विघ्न मिरे जय शनिदे जगत में अत्यंत करुणान ते ज्ञान नेत्र वाले पावन प्रकाश वाले स्वीकारो मेरे स्वीकारो नमन मेरे जय शनि देव जय शनि देव जय शनि देव जिस पर प्रसन्न दृष्टि वैगव सुयशि वो जग का राज पाए रात तक उत्तम वाले मेरे उजाले स्वीकारो नमन मेरे स्वीकारो भजन मेरे जय शनि देव जय शनि शनि देव जय देव वो वक्र दृष्टि किस पे तत्ण भी नष्ट होता मिट जाति राज सत्ता हो के भिखारी रोता दुवे न नफरत नैया पतवार ले बचा बचाले स्वीकारो नमन मेरे शनि पूज चरण तेरे शनि देव जय शनि देव जय शनि शनिदेव होकर प्रसन्न है प्रभु जी बरदान यही दीजे बजरंग भक्तगण को दुनिया में भय दीजे सारे ग्रहों के स्वामी अपना विरद ले स्वीकारो नमन मेरे है पूज चरण जी